तो आइए खान सर का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ खान सर से आज कुछ सवाल हम पूछते हैं तो चार घंटे बाद पूछेंगे इनका पहले नाम बैंक में इन्हें का नाम अमित सिंह ही कह के बुलाते थे लोग आज खान सर नाम इनका कैसे पड़ा खान सर का पूरा नाम क्या है इनसे जानिए और टेस्टिंग क्या है बहुत सारा आजकल फाइव टेस्टिंग पर सवाल पूछ रहे हैं लोग तो आइए इनसे आज सवाल कुछ पूछते हैं इंटरव्यू में खान सर का तो दो... तो वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें मनतोस गुडू सॉन्ग एक और बेल घंटी दबाएं तो आइए खान सर से हम इंटरव्यू करते हैं चार घंटे बाद तो खान सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और बताइए फाइव टेस्टिंग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं खान सर से पूछिए फाइव टेस्टिंग क्या है तो खान सर कुछ बताइए 5G टेस्टिंग के बारे में है वो इसका मेन कारण नहीं है 5G टेक्नोलॉजी का जो रेडिएशन है हमारे यहाँ तो 5G अभी किसने बता दिया कि भाई 5G हमारे हमारे फैला हुआ है फाइव 5G का तो खुद रेंज बहुत कम होता है उसको पास पास से टावर लगाने पड़ते हैं 5G टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में ज्यादा है हमारे देशों में उतना कम बहुत कम है इसका तो खान सर एक सवाल बताइए एक सवाल तो बताइए एक सवाल इसका अवसर किस पर पड़ता है असर पक्षियों पे पड़ता है तितलियों पे पड़ता है मधुमक्खियों पे पड़ता है हमारे यहाँ ना पक्षी मर रहे हैं तितली मर रहे ना मधुमक्खी कुछ दिन पहले फ्लू आया था राजस्थान वगैरह में तो कुछ कौए वगैरह ये लोग मरे थे लो, बर्ड फ्लू की अफवाह है लोग इतने डर गए की इसी डर का मजा उठाया जा रहा है तो खान सर फेसबुक व्हाट्सअप पर इस समय बहुत सारा चैटिंग देख रहे हैं पोस्ट आ रहा है बहुत सारा था क्या कहना चाहते हैं फेसबुक पर फेसबुक व्हाट्सएप आप खुद बताइए जिस वैक्सीन को एक सवाल आ रहा है लोग इससे गला कर रहे है दिन भर में अठारो बार इससे बाफ ले रहा है आप इस पर क्या कहना चाहते हैं को जरूरत से ज्यादा लेना है बहुत गलत है भाव केवल इसलिए लेना है जैसे तुलसी का पत्ता डाल दिए या हल्दी वगैरह डाल के हल्का भाव कभी एक बार ले लिए एक दो बार दिन में अठारह अठारह बार लेंगे हमारा खुद का लंग्स लंग्स कमजोर हो जाएगा लंग्स की जो सेल्स से से तो रिलैक्स दे देता है गले को इससे ज्यादा कुछ नहीं भाप और ये ये केवल ये दिखिए कि आपके गले को थोड़ा सा फ्रेश रखे अदरवाइज आप इसके थ्रू अगर लंग्स का इलाज सोचने लगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा नाक या मुंह से, से भी ले सकते हैं गर्दन तक हलका देना चाहती कि जिसमें बलगम भरा है कप भरा है बेचारे का टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा गर्म पानी रिलीफ दे देती है ऐसे भी देखिये ना कभी हल्का सा खलास हो जाती है तो गर्म पानी से तक खांसी हल्का नॉर्मल हो जाए वो केवल गले के लिए कोरोना से इससे मतलब नहीं है हम्म चलिए एक और सवाल आ रहा है कि खान सर के तौर पर खान सर का नाम फेमस है उनका पूरा नाम क्या है चलिए बात हम बताते हैं ना हमको इसको हम पर्टिकुलर हम आपको बताते मेरी हम अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखते हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का नाम हो सके ये बहुत तकलीफ होता है कि लोग हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है ये किल्लत हम चाहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा सके लोग हमारा नाम ना जाने इस देश का नाम जाने इसलिए हमें पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता